पूर्व प्रधानमंत्री की जन्मभूमि पर बने डिग्री कॉलेज सुग्रीव सिंह चौहान पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिनाहट ने शिक्षा मंत्री से की मांग मित्रों आज एन पब्लिक भारत ऐसी खबर आपको दिखाएगा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि पटेश्वर में जल्द से जल्द डिग्री कॉलेज के निर्माण की मांग को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिनाहट सुग्रीव सिंह चौहान सूबे के शिक्षा मंत्री से मिले लिखित ज्ञापन देकर जल्द निर्माण कराने की मांग की पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिनाहट सुग्रीव सिंह चौहान शुक्रवार को लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से मिले और लिखित ज्ञापन देकर मांग की कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि वटेश्वर आरोप आज तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है अब तक कई बार ये स्थान पर डिग्री कॉलेज बनाने के वादे किए गए हैं लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया इसलिए इस स्थान पर जल्द ही डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जाए ताकि क्षेत्रीय प्रतिभाओं को नए अवसर प्रदान हो सके जो युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं उनको शिक्षा का अच्छा अवसर मिल सके वही मंत्री महोदय ने विषय को गंभीरता से लेते हुए दो दिन के अंदर पैसा स्वीकृत करने व निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिनाहट सुग्रीव सिंह चौहान ने बताया कि बटेश्वर के नाम से पहले भी एक डिग्री कॉलेज स्वीकृत हुआ तो वहां न बनकर अन्य जगह पर बना दिया गया अब उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दो दिन पैसा स्वीकृत करने के अधिकारियों को आदेश दिए हैं अब जल्द ही बटेश्वर में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी जल्द ही बनेगा डिग्री कॉलेज बटेश्वर की पावन भूमि पर सुग्रीव सिंह चौहान जी की मांग पर तुरंत लिया एक्शन माननीय श्री शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए एंड पब्लिक भारत से जुड़े रहिए आप देख रहे हैं एंड पब्लिक भारत एंड पब्लिक भारत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद